बाप बेटी बेटे जा जा मार, दे, मार वो थे मार वो थे ऐसा मारवा लगा के ऐसा मारवा लगा के कहीं सोच उचरा हो कोई बचा लिया को बचाया कोई नहीं बचाया समझ गया अब सारा प्रूव आ गया अब सब कुछ रिकॉर्ड है सारी वीडियो बनने लग रही तेरी क्या बताया क्या बताया इसने तो बोल दिया अपने मुंह से गवा कर गवाह खड़ा है ये गवाह सबूत है ये अपने पास और ये भी सबूत है कि तूने जो है जबरदस्ती शादी करी है और अपनी बेटी से करी है जबरदस्ती नहीं की है अच्छा अपनी मर्जी से करी अपनी मर्जी शादी करिए आपने ये देखो भाई सब ये देखो लड़की दो कैसे रो रही है देखो भाई साहब मना कर रही है और भाई मना कर रही है बहन बहन बहन डरो घबराओ मत क्या बोला इसने आपसे जो भी बात बोली सच्चे बताओ मैं क्या बोले था? मतलब आप लोग किस दबाव में आके शादी कर रहे हो नीचे घर से नीचे घरे से बोले थे, थे कि जहर खिलार खिलाई है बस यही धमकी देते है की जहर के मार दूंगा तुम्हें जहर खिला के मार देंगे अच्छा तो तो मार देगा तू तुम किया चुए है नहीं नहीं किस बात की तो, किस, ने ने बात किस बात को बाप को बदनाम कर रहा है तू बाप बेटी का बदनाम कर रहा हूँ इसलिए पता चाहे पैसा तुम मर गया कौन ड्रेगन के साथ क्या अभिषेष से देखिए फूल सी बेटी है फूल सी बेटिया तू बेटी है तो इतना नसीब बात है दो बेटी थी अगर तुमने इतना अच्छा पुण्य का फिर तो है बर्बादी क्यों आ गया ये उनको जिंदगी रख करने वाला कल को मर जाएंगे क्या हुआ मेरा नहीं, नहीं कल को अगर ऐसी बिचारी जीवन अपना बेटा बिता कितनी देगी तेरे को क्या तो मर जाएगा कितनी निकलेगी तुझे पता है कितनी बदवा निकलेगी क्या मुझे भगवान भगवान में काम कर रहा है जरूरी थोड़े मैं मर ही जाऊँगा अच्छा अरे तेरे खुश है तेरे खुश खुशी करके खुश है तुम खुशी शादी करके इससे ले खुश है तुमने शादी करके दवाई दे दो कम्प्लेट करवाओ दे दोिना रुको ओ भाई कंप्लेंट का क्या है? मतलब आता है यार वो तो अभी पता चल जाएगा अभी तो वो तो ही पता चल जाएगा पीछे हो जा पीछे मैडम आप चिंता मत करो ये क्या है क्या ये मैडम इसे उतारो आप बहन जी आप खुद ही उतारिये प्लीज भैगो से नीचे फैगो